आतम पंची प्यारी रे मैं सारे जग से न्यारी रे ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे दूर गगन का पंची हूँ इस दुनिया के भाग में मेरा एक पल रै न बसेरा दूर्गन का पंची हूँ मैं दूर ठिका नाम मेरा इस दुनिया के भाग में मेरा एक पल रै न बसेरा बाबा बाबा गाओ मुस्कुराओ गाओ समा और मैं परवाना वारी उन पर जाओ एक पुरानी दुनिया भूली रे तेरे संग संग में जल्दी रे ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे बिना धके में उगन में हर मुश्किल को झेलो बिना धके में उगन में हर मुश्किल को झेलो और घाटा छाए चाहे माया भी डराए उड़ती चलूँ मैं तेरी याद में समाए एक बाबा तेरे ही बल से कला में आई रे ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी भैया झेंडा